जिंदा है ये दिल मेरा सासू से तेरी शरम कैरे दिल में बसा है मेरा सारा जा पहला प्यार तू मेरा तू भी आखिरी शरण करी चाह